है? कि तू पानी तो तो में दाल दबू तो हो अरे तो हैं राधा रानी को भाई जमनों के खराब हो, हो जाये तो चलिए हम गाना को लेकर चलते है